पंद्रह अगस्त जानते हो पंद्रह अगस्त को क्या मनाया जाता है सर छुट्टी मनाया जाता है छुट्टी का नहीं बोल रहे आज के दिन क्या हुआ था जानते हो क्या हुआ था सर आज ऐसी पचहत्तर साल पहले आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ नेताजी दोनों मिलकर जोर बजा अंग्रेजों को अंग्रेज सब देश छोड़ के भाग गए आप कहे रह गए फिर बेटा हम अंग्रेज नहीं है अंग्रेज नहीं होता अंग्रेजी काहे पढ़ाते हो तो बेटा हम अध्यापक है अंग्रेजी के इसलिए पढ़ाते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जानते हो किसने कहा था सर जीता जी, जी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था वाह बेटा शाबाश आगे से ऐसे लड्डू नहीं बांटेंगे अरे आज पंद्रह अगस्त है ना? आज के दिन तो सभी स्कूल में लड्डू बांटा जाता है बेटा हम लड्डू नहीं बांटेंगे अरे रसगुल्ला बांटेंगे बाबा रसगुल्ला मिलेगा मजा ही आ जाएगा फिर तो अरे सिर्फ रसगुल्ला में का, का जाए चाय कॉफी दाल चावल रोटी पराठा दही चटनी सब कुछ बांटा <laughs> बेटा स्वतंत्रता दिवस पे मुंह मिठा करवा रहे मंडारा नहीं लगा रहे जो दाल चावल बांटे तुमको <laughs> चलो जब तक रसगुल्ला आ रहा तब तक पढ़ाई करो हमारा यार पढ़ाई नहीं करना है हमको क्या करना है फिर <laughs> अरे गाना गाना है डांस करना है मोह लेना है <laughs> बेटा गाना नहीं हुएगा का पसंद नहीं है हमको सर जी पसंद तो आप भी नहीं है हमको फिर भी आपके क्लास कर तो रहे ना हम इसको। अब बताइए करना क्या है चलो शायरी वाला खेलते हैं कौन कौन शायरी सुनाएगा हमको सर जी पहले हम सुने सुनाएंगे और सुना दो फिर अर्जी किया है तेरी में बन गया हूँ पत्थर मैं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 बेटा तुम लोग बदतमीजी करने के लिए पैदा हुए हो ये सब शायरी वारी तुमसे नहीं होगा हाँ तो आप सुना दो ना कहीं नहीं सुना रहे हो फिर आता नहीं होगा <laughs> बेटा तुमको पता नहीं हम बहुत बढ़िया शायर हैं किताब लिख चुके हैं शायरी पे आता सुना दो एक शायरी लि अभी सुनाते अर्ज किया है सर रसगुल्ला कब आएगा बेटा आ रसगुल्ला अब शायरी सुनो हाँ तो हर्ज किया है ना तेरे आने से सर रसगुल्ला कब आएगा